अरे वाह नए नए कपड़े आज तो कपड़े धुलने में मजा ही आ जाएगा एक और नया कपड़ा आज तो मजा ही आने वाला है एक और कपड़ा कोई बात नहीं नए कपड़े हैं एक और धुल देंगे अरे यार हमको क्या धोबी घाट समझ रखे हो जो कपड़ा थोचते चले जा रहे हो आगे देखने से पहले अगर आप भी अपनी मम्मी पापा से प्यार करते हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में आई लव मोम डेड जरूर लिखना कपड़ा हो, फिर कहते दो कि मशीन अच्छी नहीं है सही से कपड़े नहीं साफ करती तुम्हारे जैसे लोगों को बैठा के तुम्हारा ही मनपसंद खाना तुम्हारे ही मुंह में तब तक ठूंसना चाहिए जब तक कि तुम्हारे पेट की मशीन न खराब हो जाए तब तुम लोगों को समझ में आएगा, ज्यादा कपड़े ठूसने से वाशिंग मशीन भी खराब हो जाती है पग लेट कहीं के